हाय गर्ल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आपको ये चेहरा बिल्कुल जाना पेचाना नहीं लग रहा होगा क्योंकि ना तो मैं कोई ब्लॉगर हूँ ना कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर और आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे और ना ही इंटरेस्ट होंगे मेरे नाम मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में फिर भी मैं बता देती हूँ मेरा नाम है अनीता बघेल और मैं धार जिले से रहने वाली हूँ और मेरी हाल ही में शादी हुई है और अभी मैं फ्री बैठी थी घर में इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया जाए एक यूट्यूब में प्यारी सी छोटी सी फैमिली क्यों ना बना लिया जाए तो मैंने इस्टार्ट कर दिया है आज से ब्लॉगिंग तो यार आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देंगे वीडियोस तो मैं बनाऊँगी ही आपके प्यार और सपोर्ट के लिए और मैं उन चार लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे वीडियो ऐसे बनाकर डाल देते हैं बोलेंगे उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी मैं सोचूंगी आप लोगों के बारे में जो कि आप प्यारा सा कमेंट और प्यार सिलाई देंगे जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी जिसके कारण आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ब्लॉगर भी बन सकती हूँ और आप मेरे चैनल मैं नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और तो यार आप थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें आज आ, क्या है आप लोगों को सभी को पता है और फिर भी मैं बता देती हूँ आज रक्षाबंधन है और सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं ठीक है बाय बाय